आर, आर वर्सेस आर सी 2022 मैच प्रियो राजस्थान और बैंगलोर नहीं कोई किसी से कम जीतेगा वही जिसका दिखेगा दम राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आई 2022 एल नंबर टू राजस्थान और बैंगलोर क्वालिफ टू खेलने वाली है जहां से सीधा फाइनल का रास्ता बनता है इस रस्ते में कौन आगे बढ़ेगा मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच होने वाली टक्कर तीन घंटे में तय करे एक तूफान है तो दूसरी आंधी एक धुरंधर खेलती है तो दूसरी उतनी ही जबरदस्त और शानदार हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2022 की क्वालिफाई टू में भिड़ने वाली राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आर आर वर्षेस से बी की दोनों टीमों के दम पर इसलिए कहा कहना मुश्किल है कि शुक्रवार की शाम किसकी होगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में के बीच पर किस टीम का चलवा दिखेगा सत्ताईस मई को फाइनल की टिकट पर कौन सी टीम का अपना दावा ठोकेगी ग्रुप स्टेट पर दोनों टीमों ने जो किया है उसके बोल जाइए ये टीम अब प्ले ऑफ में पहुंच क्वालीफाइड टू खेलने वाली है जहां से सीधा फाइनल का रास्ता बनता है इस र... उस रास्ते पर बेंगलोर बढ़ेगी या राजस्थान ये मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच होने वाली टक्कर तीन घंटे में तय करेगी थी वीडियो अच्छी तो वीडियो को एक लाइक चैनल का सब्सक्राइब करना तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं अगली वाली वीडियो